तो हेलो गाइस मैं आ जाया हूँ अपने एसएमपी में तो चलो एसएमपी में अपने चलते हैं कुछ दिन बाद मेरा भाई भी इस एस में आएगा मैं तो इस एस में पहले से आया हुआ हूँ और चलो इस एस में चलते हैं मैंने अभी अभी एक सर्वे बनाया है तो आप देख ही सकते हो कि मैं जा रहा हूँ अंदर तो मिलते हैं अंदर जाने के बाद ना तो तो तो अभी ये क्या है भाई ये पागल है क्या ये कौन सा वर्ल्ड है बे अबे मजाक कर रहा हूँ मुझसे मजाक है ये एक पे तो शी बकरी चारों तरफ पेड़ का नामो निशान नहीं है मेरे भाई हेलो तो तो तो तो तो तो तो माता। अबे कौन सा विलेज का घर है बाल। बाल सब पुरानी रहे बच्चा बच्चा। शुगर तोड़ लेता। की जरूरत नहीं है एक फूल एक्स पे यहाँ लगा लेते हैं मिनट मिनट मिनट मिनट मैंने क्या कुछ देखा रहे यार अरे अरे यार क्या देख रहे हो ये तो विलेज है मजाक मत करो ये विलेजी है ना तो है अरे है, बात तो ले तो तो तो जाए मुझे प्लेट मिल गया तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे प्लेट मिल चुका है ओ माइक हेलो रेड करो मुझसे हेलो अरे अरे क्या हुआ भाईजी भाई जी भाईजी भाई जी हो रही अरे मेरी एक छोटी बहन है भाई यानी गायब लोग तो मजे करे ओ बैठ मिल गया ओ भाई ओ भाई, ओ भाई आ, इसका ओ भाई गजब तो गजब एक है है भाई जी गज़ी। तो इसे चोट लग गई चोट नहीं लगी ना बहन जी ऐसा कूदती क्यों अरे तो मेरी एक छोटी सी बहन है वो अभी खेल रही है तो उसे चोट लग गई थी हां तुम क्या ट्रेड कर रहे हो ऐसे ओ भाई मेरे पास शुगर के है रकोड़ कोड़ कोड़ कोड़ कोड़ कोड़ को तुम अच्छे हो अच्छे हो तुम ठीक हो हाँ तुम ठीक हो पे पेपर कैसे बनता था पेपर आइटिंग ऐसे बनता था नहीं पेपर कैसे बनता है ठीक है कुछ नहीं है मेरे पास यार पेपर सर्च करते हैं मैं यहां पे एकदम नॉर्मल पेपर पर हमारे बेटा कन्हैया तुम लोग अपने घर में क्राफ्टिंग चल रही रखते रुक जाओ पेपर कैसे बनता है दिख रहा है मुझे ख्याल लगा कि पूरी ये होते पे कुल्ला करते हाँ तो ये पेपर बनता कैसे है भाई मैं यहाँ पे जल्दी से क्राफिंगल बना लेता हूँ मन क्या पेपर रुको मुझे और सुबह से शुगर के कलेक्ट करने होंगे एक भाई अच्छा मैंने उसकी पूरी ट्रेड तो देखी ही नहीं रुक जा माला माल करना है तेरे को माला माल होना है अरे भाई बहन रुक जाओ तू नहीं है वो आ, तू है वो तू है अबे जे मैं पहले से ही हमरे लगता है कितना लेगा भाई देखो अगर मैं ऐसे ही करता ट्वेंटी फोर 24 फोर तो मुझे बुक मिल जाए फिर मैं ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ तो यही पे रहना सॉरी सॉरी भाई हेलो तो ठीक है यहाँ पे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है उससे वर्ग को हम मना लेते हैं हम लोग वुड से वो ए ब्लैक अरे भाई ये क्या ओ भाई ब्लैक ब्लैक हो गया मैं तो भाई तू क्या ट्रेडिंग कर रहा है अब पंद्रह करोड़ रुपया दे रहा है भाई कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया रुक जा रुक जा भाई रुक जा तू काम का बंदा तू काम का बंदा ले लेता ले लेता ले लेता ले लेता ले लेता हां संस्कार लगाओ ना और कौन बड़ी यार ये दीवार ये देता है अर्जुन एक प्रेमी देव जी सत्य बिना बिना किसी के कलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ हाँ। तो मैं क्या करता हूँ इस्तेमाल करने से पहले लस सारा बैटरी बहुत सब तो तब से मैं कुछ दिन तक किसी घर में रहूंगा मैं अपने घड़ी का वो तो दौड़ रहा हूँ <laughs> अरे जुबड़े यार सॉरी अब मैं क्या करता हूँ इससे सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ एक स्टिक और फिर मैं बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल ओके बन गई मेरी और मैं क्राफ्टिंग टेबल से बना लेता हूँ बच्चा के कौन है? कौन है नानी तो प्रे तो वाली दादी एक मिनट गैस कुछ हो गया एक मिनट मेरे को देखना तो मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है ना मेरी आवाज आ रही है ना आपको मेरी मेरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो हो रही रही है है ओके ओके ओके बाहर में इसको छोड़ो मैं फिर यहाँ से चलता हूँ यहाँ पे चलेगा नाटो ये कौन सी के वह अभी मैं वहीं पर इतना वाटर काफ़ी है सही है मैं जिस घर में रहने वाला हूँ वो घर है मुझे ऐसा लग रहा है कि वही वाला ब्लैक नहीं नहीं वही वही वही वाला वही वाला है ब्लैक स्मीटर तो मैं इस घर में रहूंगा अच्छा अब रात हो रही है भाई चलो अपने घर में चलता पहले मुझे देखना था मैं यहाँ से पानी करा। अरे भाई मजाक कर रहा था आगा मैं इसके से गिरा तो मेरा घर रवीन जैसा लगेगा बस <coughs> आना है आ जा आना भाई अबे शर्मा क्यों रहा है आना चल ब्रेड बैठखा हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हत्या नहीं शिखा छे ये हाँ तो अब मुझे तो विलेज को करना है और अच्छा ओके हाँ। तो उसके लिए मुझे तो पहले अपना घर बनाना होगा अभी घर बनाना तो होगा ही मैं आप पे किनारे में घर बना लूंगा अभी के लिए मैं किस घर में रहू भाई है? वहां पे यहाँ से पाँचवे ले जाऊंगा पूरे यहाँ तक उसके लिए तो मुझे बहुत सारी ब्लॉकों की जरूरत होगी ना यार भूख की कमी गिव मी माय फूड ओके तो हाँ। हाँ। हाँ। तो कारण बहुत सारी चीजें सोचनी, हाँ। तो सोचनी है तो उससे पहले मैं अपने लिए बना लेता हूँ अच्छा स्वॉर्ड कैसे बनती थी यार हाँ याद आ गई स्वॉर्ड ऐसे बनती थी अच्छा। यस हाँ रुको मैं यहाँ से वोट तोड़ लेता हूँ अब हाँ अब मैं उस पांचवें को या से फॉलो करता हूँ हाँ अभी के लिए ये तो बहुत सही लग रहा है यार आपने पांचवे के लिए हाँ। ऐसे ऐसे ही करते करते हम लोग रास्ता ले जाएंगे वहाँ तक और साइलेंट तक हाँ तो अब मुझे और ब्लॉक की ज़रूरत होगी ज़रूर होगी यार तो यहाँ से मैं ब्लॉक उठा लेता हूँ मैंने यहाँ से नहीं उठाते तुम क्या कर रहे हो भाई? नहीं। नहीं। नहीं एक का। आप किसी को होता हूँ ढकेल सकते हो आप उसके अंदर से हर कैसे हो जाते हो लाइक देखो मैंने इसे ढकेल दिया देख मैंने इसे ढकेला ढकेला ढकेला ढकेला ढकेला फिर हर पर कैसे हो जाता मैं <coughs> मैं इस इस घर घर में में में सेटल हो सकता हूं। भाई। ना हो सकता सकता क्या भाई? ना ना हाँ, ना? इसने भी हाँ बोला। तो अपना कमरा बता देता वैसे तुम लोग को में सोने में दिक्कत होती होगी देखो मैं बताता हूँ इस घर को और सुंदर बनाने के लिए ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अरे ठीक है भाई हाँ मत करो अभी यहाँ की बालकौरी तो बड़ी घटिया है यार हाँ। तो मुझे और ब्लॉक कलर करने के लिए पेड़ तोड़ने होंगे इसलिए मैं चलता हूँ पेड़ तोड़ने कि किनारे लambre लियो बारम न तो बारम लambre रखो हतेस बनीत नहीं पाठ करो इनको रोडी में होवा पडो स्टीमर में स्टीमर तो होवा क्या नहीं ये नए बेटा आ माय रे वही तिनारे सराब पर तिनारे पड़ी रही माँ ने थोड़ी होनी पड़ने लगी नहीं होती माँ चिनारों की आता है अनेक बार इधर या वहाँ तो काम इधर तो तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ा तो मजे से ले जाएंगे इस को को यार। मैं पहले सोचा था कि इस ट्रेन को तो ट्रेन से एक ले जाएंगे। होती है ना एक। वैसे सी तो बहुत ही बड़ी है यार या। तक अपना पाथवे पाथवे बन चुका है मेरे को को अपने में में ऐसी चीज़ हर जगह जाने के लिए तो बाद मैं उसी चीज़ को <coughs> हाँ। तो मैं तो थोड़ा बोरे डट भी कलर कर लेता हूँ पाथवे के लिए वैसे मुझे डट ही से बनाना चाहिए डेकोरेशन के लिए ले, ले सकता था? आधी एन अर्जी तो इसी में खत्म हो जाती है भाई तो तो खत्म करते हैं उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी एंड बिना किसी देरी के जैसे हमने वीडियो को शुरू किया था अब ऐसे ही हम लोग वीडियो को इन भी कर देते हैं एंड थैंक्स फॉर वाचिंग